कौन है ये खटमाल मेरा बापू तुमसे कर्जा लिया था वसूल करने के वास्ते मेरा घर और मिल पर कब्जा किया तुम वही वापस मांगने रे? फिर का छोक घर और मिल वापस मांगता तेरे को किसी नले को मार के जेल चला गया तो अपने आप को भाई समझता क्या ए, ए, ए, ए! साला मेरी आंखों में आंख डालता देख नीचे देख ए! जरा खर्चा पानी दे के समझा सा लेको